फिलिपींस में प्याज का संकट बढ़ता जा रहा है हमारे देश में दस रुपए बीस रुपए में बिकने वाले प्याज फिलिपींस में एक रुपए में बिक रहे हैं प्याज की कीमत बढ़ने का सबसे बड़ा संकट फिलिपींस में 2022 में आए कई तूफान हैं, जिसकी वजह से प्याज की फसल खराब हो गई है प्याज की महंगाई की वजह से फिलिपींस में प्याज की जमाखोरी भी शुरू हो गई है हमारे यहाँ प्याज के दामों ने सरकारों को संकट मिलाकर रुला दिया था ये प्याज अब फिलिपींस वालों को रुला रहा है कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दस 20 रूपए बिकने वाला ये प्याज एक दिन सबसे महंगा वेजिटेबल हो जाएगा फिलिपींस जहां सबसे ज्यादा प्याज खाने वाले लोग रहते हैं वहीं लोग आज प्याज खाने के लिए तरस रहे हैं आपको बता दें कि फिलिपींस में सबसे ज्यादा मीट खाने वालों की तादाद है इस वजह से यहाँ पर बीस टन प्याज लोग खा जाते हैं पिछले साल फिलिपींस में कुछ तूफान आए जिसकी वजह से अरबों की प्याज की फसल खराब हो गई इस कारण वहा प्याज एक हजार रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है इस महंगाई का सबसे ज्यादा फायदा अब तस्कर उठा रहे हैं। तस्करों ने मुनाफा देखते हुए प्याज की तस्करी शुरू कर दी है फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांडिस मार्कोस जूनियर ने प्याज के दामों को देखते हुए इसे आपात स्थिति बताया है पूरी सरकार प्याज के दामों में उलझ कर रह गई है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें